महर की के सीमेंट फैक्ट्री के श्रमिक नेता हत्याकांड मामले में हत्या के लिए पैसे देने वाला फरार अपराधी पकड़ा गया है पुलिस ने इस पर दस हजार का इनाम घोषित किया था कुछ दिनों पहले महर की के सीमेंट फैक्ट्री के श्रमिक नेता मनीष शुक्ला की हत्या कर दी गई थी जिसके बाद महर पुलिस ने के प्रबंधन के एच हेड संजय सिंह मुकेश चतुर्वेदी सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया था और सुपारी देने वाला आरोपी आत्मा शुक्ला घटना के दिन से ही फरार था जिस पर दस का इनाम भी रखा गया था उसे पुलिस ने धर दबोचा है बताया जा रहा है कि लगातार आरोपी की तलाश की जा रही थी मुख्य तंत्र से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। What starts here changes the world. the world, ऑपरचुनिटीज टू वर्ल्ड ऑफ इंस्पिशन वी आर एल एन सी टी ग्रुप एवरीज प्रोवाइडिंग बेस्ट रिजल्ट एंड डिलीवरिंग दस्ट मैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी देशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन